फिरनी ड्राई फ्रूट्स के साथ और एक आम के साथ बादाम आम के साथ तो कुछ नई डिश बना रही है शायद आप क्या बना रहे हैं आज फिरनी। फिरनी अच्छा ये गर्मी में जो जो ठंडा ठंडा पेय पदार्थ है वो फिरनी फिरनी फिर नहीं फिर है इसको ठंडा करके खाएंगे ठंडा करके खाएंगे तो अभी क्या आपने दूध उबालने रखा है दूध उबालने रख दिया है और दो तीन घंटे पहले आधी कटोरी चावल भिगाना रख दिए थे अच्छा गए हैं अब इसका पानी इसको बारिक पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाएंगे मैडम इसको दूध को कितना उबालते हैं मतलब, एक का आधा करते हैं, मतलब कितना काढ़ा होता है चावल कैसे जा रहे हैं काढ़ा तो तो जा हो जाए जाएगा जी अश्रीपति जी अभी आगे क्या है प्रोसेस इसकी कितने चम्मच हो अब ठंडा होने के बाद थोड़ी कम हो जाती है है इसलिए ठीक रखेंगे शकर। अच्छा स्वाद लगता होने इसके अलावा क्या क्या डाल कर ये खास है इसमें जो रंग लाएगा में हमने देखा उसी तो के चलिए इसको उबल गया ना अब तो इसमें ये चावल का पेस्ट चावल का पेस्ट ये तो चावल भी एक पे चावल घंटे भी इसमें लाम से नहीं नहीं तो जम जाए तो फिर वो, फिर वो, नहीं मजा नहीं आएगा। लगातार चलाते उसको। जी बहुत बढ़िया बच्चा इसमें अभी इसको निकाल थोड़ा पहले उबलने देंगे थोड़ा गाढ़ा होगा देंगे जी जब ठंडा ठंडा कस्टर्ड है। जैसा कस्टर्ड जैसा होता रखेंगे रखेंगे रखेंगे रखेंगे इसके अच्छा फ्रिज में रखेंगे, में कितना नॉर्मल पी करके घंटे ये बादाम शायद भुने क्या कर रहे मैडम निकाल निकाल रहे हैं आपके लिए मेंगो वाला वाला अरे वाली हाँ, बात हुई थी इसका बना थोड़ा थोड़ा और निकाल लो यार सा मेरे ज़्यादा अच्छा अच्छा अच्छा लगता है अच्छा, अच्छा। लास्ट में केवड़ा केवड़ा।, केवड़ा, अच्छा। केवड़ा, अच्छा केवड़ा केवड़ा ऐसे डाल देंगे इलायची पसंदी पाउडर भी डाल सकते है अन्य था Okay, हाँ, हो गया तैयार मैडम तैयार हो गया अब इसको गरम गरम ही मिट्टी के सकोरों में भर देंगे अच्छा अच्छा।, अच्छा अच्छा मिट्टी के सकोरों में में ठंडक जल्दी जल्दी ठंडे हो जाएंगे और खाने में अच्छे से कुल्ल में चाय पीते हैं मिट्टी के सकोरों में तो फिर नहीं खाएंगे सकोरों में अच्छा। अच्छा। में मिट्टी के अलग फ्लेवर आएगा इसका अलग खुशबू रहेगी जी इसमें ऊपर ऐसी ड्राई फ्रूट पिस्ता, काजू काजू अब इसको थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको फ्रीज में रख देंगे। अच्छा तो मैडम ये हमारे लिए जो बना रहे हैं आप आम का। काम को काटी है मिक्सर में बारीक पीस लिया डाला डाल के पीस लिया आम ये दिया मेरा नाम नितिन है तो तीन सौ तो पाउंड लगेंगे मेरे को इसमें बारी कटे हुए आम डालेंगे बादाम है ना नहीं मिलेंगे दो में खा लू एक आप ये खा तो तो अगले बार नहीं मिलेगा तो मिलेगा बारा डाल दो वो तो जाएगा फिर भी ड्राई फ्रूट्स के साथ और एक आम के साथ बादाम आम के साथ और साथ में तरबूज भी है। वाह